भाई साहब शादी की बात शुरू करें बात क्या करनी है आज ही शादी कर देते हैं हमको थोड़ा जल्दी है आज क्या अभी शादी कर देते हैं ठीक <laughs> है आज से मेरी बेटी इसकी पत्नी लेकिन हम दिखारी हैं तो दहेज कुछ दे नहीं पाएंगे अरे भाई साहब हमको कुछ नहीं चाहिए न कार न स्कूटर न जेवर कुछ दहेज नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए केवल दस पंद्रह लाख रूपया दे देना बच्चों इसकी मत सुनो आज ऐसी आपकी बेटी हमारे घर की बहू तो शादी पक्की पक्की बिल्कुल पक्की बेटी आज ऐसी ये तेरे ससुर ये तेरा पति ये तेरी सास यही तेरा घर है अब तू अब हमारी बहू है मेरा घर है ये मेरा पति है मेरे पति मेरी पत्नी मेरी पत्नी मेरा पति आ, घर से आते आते थक गई, हूं। थक, गई है? थक गई है तो यहाँ पर, पर सो जा, आजा यहाँ पर सो हमको नींद आ रही है हम दोनों सो जाते हैं सो जाते हैं देखो पति पत्नी कितने अच्छे लग रहे हैं अच्छा भाई साहब चलता हूँ मेरी बेटी की शादी घर में हो गई है अब आता जाता लगा रहेगा चलता हूँ अरे डॉक्टर आप मैं आपको ये बताने आया हूँ आपको कोई बीमारी नहीं है वो गलती से मैं किसी दूसरे मरीज की रिपोर्ट आपकी समझ रहा था है? वो रिपोर्ट आपकी नहीं थी है? आपको कुछ नहीं होगा मतलब मैं नहीं मरूँगी <laughs> अरे नहीं आपको कोई बीमारी नहीं है आप नहीं मरोगे क्योंकि वो रिपोर्ट आपकी थी ही नहीं बिटुके पापा मुझे कुछ नहीं होगा डॉक्टर बोल रहे है मुझे कुछ नहीं रिपोर्ट गलत थी बीमारी की रिपोर्ट किसी और की थी आ, मुझे कुछ नहीं होगा मैं जिंदा रहूंगी आ, तो चलता हूँ नमस्ते अच्छा भाई साहब मैं भी चलता हूँ कहाँ चलता हूँ ये अपनी भिखारी बेटी को ले जा इसकी शादी हो गई है बिट्टू से कैसी शादी कौन सी शादी कैसी बहू निकलो हर, निकलो निकलो निकलो चल बेटी चल वरना बेजती करते रहेंगे हम भिखारी है लेकिन हमारी भी कोई इज्जत है चल चल चल चल ऊपर वाले के नाम ऐसी कुछ दे दे भिखारी की दुआ लगेगी दे एक महीने ऐसी भूखी हूँ मेरी पत्नी मुझे छोड़कर